नमस्कार दर्शकों न्यूज से मैं हूं ईशिका शॉ वैक मीडिया हाउस में माँ गंगे की हिंदी फीचर फिल्म की स्टारकास्टिंग शुरू हुई जिसमें बहुत से अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भाग लिया अब हम आपको दिखाते हैं इस फिल्म की फर्स्ट ऑडिशन के कुछ एंट्स मैं गंगा आदिकाल से इस देश की भूमि को उपजाऊ और खुशहाल बनाते आई हूँ मेरा कसूर क्या है मैंने मानव दानव जीव जंतु पेड़ पौधों को खुशहाल बनाया है उनको जीवन दान दिया है मुझे भी जीवन दान चाहिए, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे सवार लो मेरे दे, दे, दे बेटे, बेटे मुझे सवार लो, मैं भी एक माँ हूँ मैं भी साफ सुथरी रहना चाहती हूँ जैसे तुम लोगों को हक है साफ सुथरे रहने का मुझे भी साफ करो मैं गंगा हूँ सदियों सदियों से मैं साफ रहती हूं लेकिन आज आज मुझे क्या दिया जा रहा है वही गंदगी वही गंदे नालों में गंगा भरी है मुझे बचा लो मुझे बचा लो मुझे भी जीने का हक है मैं भी जीना चाहती हूँ जैसे आप लोग जी रहे हो मैं जीना चाहती हूँ मुझे आप लोगों ने मिलकर मार दिया मुझे भी जीने का मैं हाँ मैं जीना हूं। मैं जीना चाहती चाहती ये जो बुद्धि मानव जीव हैं मानव जाति पे मुझे खत्म कर देना चाहते हैं मैं क्या क्या थी और मुझे क्या बना दिया विनती करती हूँ सबसे मेरा अस्तित्व खत्म होने से पहले मुझे बचा लो तो। मैं खत्म हो गई तो तुम सब भी खत्म हो जाओगे मैं गंगा आदिकाल से अब तक भारत की भूमि को पावन उपजाऊ व खुशहाल बनाती आई हूँ मैंने आज तक किसी भी मानव दानव जानवर जीव जंतु व पेड़ पौधों किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया है बल्कि मैंने तो सदैव ही सबको जीवन दान दिया है मेरे करोड़ों बेटों और बेटियों मुझे सवार लो मुझे सहेज लो नहीं तो एक ना एक दिन मेरा वजूद खत्म हो जाएगा मैं गंगा आदिकाल से भारत की भूमि को पावन और उपजाऊ और खुशहाल जिंदगी देती आई हूँ मैंने कभी किसी मानव दानव जानवर जीव जंतु यहाँ तक कि पेड़ पौधों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया क्या मेरा जीने का हक नहीं मैं तुम्हें सांसे देती हूँ तुम्हें जीवन देती हूँ तो क्या तुम्हें मेरे जीवन बचाने का कोई हक नहीं है कि अगर मैं एक बात बस यही बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह आप जीवन जी रहे हैं उस तरह मेरा भी हक है मुझे जीवन जीने का और अगर मेरा अस्तित्व जिस दिन नहीं रहेगा तो आप लोगों का उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बात गौर सुन जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबक मिला कसम पर जितना लोहार रुआ मेरे वाल में तेरे भेजन उतार दूंगा याद रखना इंस्पेक्टर जब तुम कानून और कानून के रखवालों को ये बताने जाए कि चौहान को जेल की सलाखों के पीछे डाल आया हूं राम जादे बताना मत भूलना कि दस साल का वक्त इतना लंबा नहीं कि काटे ना कटे, कसम परवर अधिकार की जिस दिन ये चौहान जेल की सलाखों से बाहर आया उस दिन तेरे शहर की गलियों की नाली में पानी नहीं इंसानी खान बहा दूंगा मैं इंसानी खान राजा इंस्पेक्टर राजा। जा राम चंद जिंदगी बर्बाद कर दे, नहीं छोड़ो